ओ, मेरी मम्मी, मैं तेरे बिना कैसा जीऊँगा <laughs> कैसा रहूँगा कौन मुझे डांटेगा? कौन कहेगा बिट्टू यहाँ बिट्टू वहाँ मत जा बिट्टू ऐसा मत कर बिट्टू ऐसा मत कर बिट्टू तू तो मेरे हाथ ऐसी वरना मुझे भी रोना आ जाएगा तेरे पास दो दिन बचे हैं दो दिन ऐसे रोती रहेगी तो क्या मिलेगा दो दिन अपनी जिंदगी जी ले जो करना है कर जो खाना है खा हस हस, हस, हस, हस। हाँ मम्मी हसो